छोटे छोटे से से से से अनार, अनार, बड़े आम, बड़े आम, आम, छोटी इमली छोटी इसे इमली बड़ी इसे ईख बड़ी इसे ईख छोटे उसे उल्लू छोटे उसे उल्लू बड़े आओ से औरत आओ से औरत अंग से अंगूर अंग से अंगूर